ऐसे नसीब हर किसी के नहीं होते जो रातों रात अपने चेहरे की वजह से एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाए ऐसी तो बहुत सारी खबरें हमने सुनी है लेकिन आज लोग कहने लगते हैं कि श्रीदेवी फिर से जिंदा हो गई है जी हाँ दोस्तों यहाँ लड़की श्रीदेवी की हम शक्ल है जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है और लोगों की डिमांड आरोप वीडियो बनाकर आज इनके मिलियंस में फॉलोवर्स और वीडियो बिल्कुल पूरी तरह ऐसी इंटरनेट पर छा जाती है इनका पूरा नाम दीपा चौधरी है ऐसा अमेजिंग नॉलेज आगे भी लेने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें थैंक्स